दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के पास जो आपको देने वाले कुछ इस तरीके की चेयर कुछ इस तरीके के सोफा सेट डाइनिंग टेबल बेड मात्र इनके पास में जो स्टार्टिंग हो जाती है वो 10 से पंद्रह हजार रुपए से स्टार्ट होने वाली है और ए क्वालिटी के अंदर इनके पास में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और ये कहते हैं पूरे पांच साल की गारंटी के हम प्रोडक्ट देते हैं कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है तो भैया उसके लिए बैठे ये आपको रिपेयर करके देंगे और ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं से भी आप मंगा सकते हैं और 50 परसेंट डिस्काउंट यहां पर आपको मिलेगा और सैनिश्स की वीडियो देख करके यहां पर आएंगे और बताएंगे इनको कि आप लोग मेरी वीडियो देख करके इनके पास में आए तो ये आपको 10 परसेंट डिस्काउंट एक्स्ट्रा देंगे ये कहते हैं भैया हमारे पास नहीं आना चाहते मत आओ पहले मार्केट आप घूमो उसके बाद हमारे पास आओ जहां से आपको बेस्ट रेट मिले वहां से लो सही कह रहा हूं मैं बिल्कुल सर बिल्कुल सर. आप देखना स्टार्ट करते हैं पूरी की पूरी वीडियो पूरी वीडियो दिखाइए प्राइस के साथ दिखाइए मजा आ जाएगा हेलो सलाम नमस्ते शस्त्रिया काल के एमचो असल दोस्तों मैं विराज एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी अपने के अपने चैनल वल्लॉक्स के ऊपर और मुझे देखने वाले मेरे सही को हाथ जोड़कर राम राम भी दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं कीर्ति नगर के अंदर जो कि बहुत बड़ी मार्केट है फर्नीचर की आज जिनके पास में लेकर आया हूँ मैं आज आपको लेकर आया हूँ सोफा होम्स पर जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक से एक सोफ़े और जैसे कि मैं आपको टू सीटर से लेकर के सीटर तक सोफे दिखाता हूं। इनके पास में भी मैं ए वन क्वालिटी के सोफे मात्र जो होते हैं जरा बताए कुछ अपनी शॉप के बारे में ये, आपकी है ये? बिल्कुल न्यू शॉप है बहुत बताएं कुछ इस शॉप के बारे में सर सोफा होम के नाम से है ये मेन रोड नियर बाई मायापुरी मेट्रो स्टेशन ओके okay. और ये इस बार मतलब एकदम अलग क्वालिटी के सोफे आपने सारे के सारे इंट्रोड्यूस बिल्कुल बताएं कुछ इनके बारे में आप आप कलर देखिए ये देख बहुत ही प्यारी लुक के अंदर लग रहा है और ये सारे बनाते हैं है, है। ओके ये जैसे की इस सोफे की बात करे तो ये नाइन सीटर सोफा रहने वाला है ये नाइन सीटर है ये और बहुत ही प्यारी लुक के अंदर में अगर कोई आपसे कहता है की मुझे थोड़ा और बड़ा सोफा बनवाना है तो और बड़ा भी बनाकर दे देते सर बड़ा क्या सोई से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी बनवाई ये फर्नीचर में मेरे से फर्नीचर के अंदर में भैया खतरनाक लेकर भैया अभी दो एरोप्लेन का ऑर्डर देते हैं भैया को और दोस्तों इनके पास में अपने पास में जैसे कि हम बताते हैं कि भैया क्या क्या चीजें मिलती है फर्नीचर के अंदर एक बार ये और बताएं सोफा बेड डाइनिंग ड्रेसिंग अलमीरा हर चीज मिलेगी आपके पास ओके जो कहीं ना मिला वो मेरे पास मिलेगा आपको मतलब कि सर के पास मेरे पास नहीं भैया मैं तो सिर्फ प्रमोट कर रहा हूँ खाली बाकी अगर आप इनके पास में आते थोड़ी सी आगे की तरफ में आए ये कुछ इस तरह के राजा महाराजा स्टाइल वाले सोफे भी आपको इनके पास में मिल जाएंगे इनकी पूरी वीडियो मैंने बनाई है जहा पर मैंने आपको एक से क्वालिटी के अंदर में दिखाया और जैसे की आप देख पा रहे एक बार आप उसमें बैठ जाए मैं इसमें बैठ जाता हूँ ये जैसे की आपको खाली टू सीटर लेना चाहे तो टू सीटर भी बिल्कुल मिल जाएगा टू और सीटर टू सीटर की प्राइस रेंज की बात करें स्टार्टिंग सबसे नॉर्मिनल स्टार्टिंग इन रुपए से ही होता है सबसे नॉर्मल होता है हमारे पास ट्वेंटी थाउजेंड बीस हजार रुपए बीस हजार रुपए की रेंज के अंदर टू सीटर और जो जिसमें मैं बैठा हु उसकी आप लुक देख पा रहे ये है मात्र उजेंड रुपीस तीस हजार मतलब बेस्ट क्वालिटी के अंदर आपको तीस हजार में देते है और इनके पास में हर एक क्वालिटी के अंदर हमें आपको मिल जाएंगे इस पूरी वीडियो को आपको देने मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर प्राइस के साथ में आपको सारे के सारे सोफा सेट हो डाइनिंग टेबल हो बेड हो अलमीरा हो सारा दिखा और आप इनको कॉल करके आते हैं मेरा नाम लेकर के इनके पास में आएंगे तो ये फिफ्टी डिस्काउंट आपको दे रहे हैं 10% डिस्काउंट आपको अलग से देंगे लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं आपके पास में सैनी साहब की वीडियो आयु जब भी वो 10% डिस्काउंट मिलेगा, सही कह परसेंट डिस्काउंट बिल्कुल तभी मिलेगा जी इससे पहले नहीं मिलेगा बिल्कुल सही बात कही चलिए दोस्तों देखना, पूरी की पूरी प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर देना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो जी आज क्या धमाका करने वाले आपका जी नए साल के उपलक्ष्य में सोफा कम बेड दिखाएंगे डाइनिंग सोफा देख अच्छे आप बहुत बढ़िया और इस बार नई नई वरायटी बहुत आई हुई है मतलब बहुत नहीं चम्ण नहीं चम्ण वे वे लग रही आप देख पा रहे तो आपको देखने में मिलेगा खाली सोफा लेकिन हम आपको दिखा रहे सोफा कम बेड जैसे की आप देख रहे हैं खाली सोफा था अब ये आपका बेड भी बन गया का का बहुत बढ़िया भैया इसमें आपको स्टोरेज मिलेगा सर क्या बात है है है वो भी हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक वाला है, ये पूरा हा, पूरा है प्लाई लगी हुई कहीं एमडीएफ नहीं लगा इसके हुआ है है, नहीं इसके अंदर क्या बात ऊपर में जरा आप ये दोस्तों जैसे की आप देख पा रहे और लेट भी सकते हैं आपको एक परसेंट भी ये देखो जितना मर्जी वेट लीजिए आप बहुत और इसके ऊपर तीन चार बंदे तो आराम से लेट जाएंगे आराम से आराम कीमत की बात करें तो क्या कीमत रहने वाली दस हजार रुपए का सेट है तो हम आपको देंगे फिफ्टी फाइव पचपन हजार रुपए इसमें एक आपको टेबल मिलेगी दो पफी मिलेंगी सर मतलब कि भैया सीधे हाफ रेट पे मिलने वाला एक, एक लाख दस हजार तो इसका मार्केट प्राइस है और ये आपको दे रहे हैं मात्र पचपन रुपए की रेंज के अंदर सोफा कम बेड अपने घर ले जाओ पूरी दिल्ली के अंदर कहीं पर भी मंगा सकते अलग से एक्स्ट्रा और मिलने वाला है अब दिखा दो इनके थोड़े से और लाजवाब बेहतरीन सोफे ये वाला एक सोफा बहुत बेहतरीन लग रहा है इसमें हमने आपको लॉन्जर दिया हुआ है जी ये देखिए बेट भी जाइए लेट भी जाइए पीछे एड्रेस देख सकते हैं बहुत बढ़िया ये एड्रेस खड़े भी हो जाते हैं और लेट भी जाते हैं और प्राइस रेंज की बात की जाए तो क्या रहेगी इसकी देखिए सर इसमें हमने एक कपोल दिया अंदर आप देख पा रहे हैं और ये सेंट्रल टेबल और दो पर्फी मिलेंगे साथ में मिलेंगी ओके प्राइस रेंज की बात की जाए तो इसकी ये प्राइस पड़ेगा सर आपको फोर्टी का पैंतालीस हजार की रेंज के अंदर दोस्तों आपको ये पढ़ने वाला है मार्केट में नब्बे का मिला तो मुझे पैंतालीस दे जाना टेन का डिस्काउंट और ले जाना क्या और बहुत से है। बात बहुत अच्छी बात कही आपने चले ने दोस्तों मैं इनके कुछ और डिजाइन आपको और दिखा रहा हूं जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भैया पहले तो बताओ फैब्रिक कौन सा यूज हुआ है इसके ऊपर ये में। फैब्रिक होता थी स्वेट फैब्रिक अच्छा जी ठीक है जी दूसरी बात आपको जैसे डिजाइन पसंद है फेबरिक पसंद नहीं है तो आप फेबरिक भी चोइस कर सकते हैं ओके कुछ भी कस्टमाइज कराना है वो सब हो जाएगा सर भैया ये मेरे को लग रहा है ये 9000 तो स्वेट फैब्रिक और ये भैया माइक्रो वेलवेट टाइप जैसे देखने में लगता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं और क्वालिटी बहुत ही प्यार लग रही है पूरा फिनिशिंग से वर्क हुआ हुआ है और इसके साथ में क्या ये दो वाली ये टेबल भी फ्री है इसके साथ में कुर्सी अलग है ये कुर्सी अलग से है ये सेंटर टेबल और दो पॉफी मिलेगी इसके साथ में दोज की बात करे तो क्या रहेगी इसकी फोर्टी फाइव का है सर थर्टी थाउजेंड की दो पेयर चेयर देंगे हम आपको ये पैंतालीस हजार रुपये का और दो चेयर ये पैंतीस रुपए की थर्टी थाउजेंड तीस रुपए की मतलब पंद्रह हजार की पंद्रह हजार रुपए की एक पड़ेगी आपको ये ये कुछ अलग ही ज्यादा ही ये सर फैंसी आइटम है फैंसी की बात नहीं है जो आप लैग देख रहे हैं ना तो इसमें वुडन देख रहे हैं सारा सागवान का वुडन है अच्छा जी मतलब कोई सिंथेटिक नहीं लगा हुआ है कोई मरंडी नहीं लगी हुई है मतलब कि सोलिड वुड लगी हुई है।, okay. है ना प्योर पोलिस है उसके okay. जो तो फिनिशिंग आप देख रहे हैं ना जी जी जी जी फिनिशिंग येगा मतलब नया का नया जैसा लगेगा लुकवाइज बहुत बढ़िया एक अंदर की तरफ में आई है जो ग्रीन कलर का मेहंदी कलर का जो ये सोफा लगा हुआ है इसके बारे में कुछ बताइए काफी प्यारा सोफा लग रहा है ये ओनली 42,000 टू थाउजेंड का बयालीस का ये बयालीस रुपए की रेंज के अंदर दोस्तों आपको मिल जाएगा सेवन सीटर सोफा और इसके अंदर में भी दो पफी आपको मिलने वाली है जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेंट्रल टेबल अलग से है साथ में है। दो पफी दो पफी अलग से है और सेंट्रल टेबल साथ में साथ में है, साथ में है ठीक है प्राइस रेंज की बात की जाए तो पूरे की सेट की बात रहेगी ये 84 का सेट है मार्केट प्राइस जो है तो हम आपको देंगे 42 इसमें डिस्काउंट आपको देंगे सोफा तो जो है इसके बारे में कुछ बताते हैं तो आप थ्री सीटर है अठारह हजार रुपए की रेंज के अंदर सीटर सोफा। सोफा ओके आगे की की तरफ मैं कुछ कुछ सोफे की और रेंज देखने अपने पास में कैसी कैसी है। है। जरा बता दे एक बार। ये ये ये ये देखिए सर, सर, यू यू शेप लग रहा कुछ ही है। जी ये सी। सी सी सी सी, क्या बोलते बोलते है, बोलते हैं हैं, हैं। इसको? एल पूरा वुडन बोर्ड का ये भैया जैसे कि आप देख पा रहे हैं वुडन वर्क के साथ में कुछ यूनिक दिया गया है इसके अंदर में साथ में ये ये भी आप इस इस साथ सकते हैं कुछ भी टेलीफोन वगैरह की आप देख पा रहे हैं इसके और क्वालिटी काफी अच्छी <laughs> लग रही है ये फेब्रिक की बात करे तो कौन सा फैब्रिक यूज फेबरिक है सर ओके स्वेट फेब्रिक है और क्वालिटी जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे बहुत ही प्यारी टेबल सेंडल टेबल दो पफी के साथ में प्राइस रेंज मैं इसके ऊपर फोर्टी फाइव थाउजेंड और वीडियो देखकर के आते टेन तो परसेंट और उसके डिस्काउंट करते तो चार हजार पांच सौ रुपए और कम हो जाएंगे सही कह बिल्कु, बिल्कुल सर बिल्कुल बहुत बढ़िया आगे चलते हैं आगे दिखाएं हमारे व्यवर्स को ये देखिए सर एक दोस्तों ये ये देखिए कितना प्यारा सोफा यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इसकी लुक में एक बार आपको थोड़ी सी दूर से दिखाऊँ <coughs> तो ये देखिये बहुत ही प्यारी लुक के अंदर ये सोफा रहने वाला है मतलब इसके अंदर गोल्डन कलर का टच दिया गया प्राइस रेंज की बात करे तो क्या रहेगी फोर्टी टू था बयालीस ये भी मात्र बयालीस की रेंज के अंदर दोस्तों आपका रहने वाला है बहुत ही प्यारी लुक दोस्तों इसकी तो आ रही है सोफे के अंदर जो हम डालते हैं वो डालते हैं स्लिप ओके और जो स्ट्रक्चर होता है वो रेड मरंडी का होता है ठीक है मरंडी दो प्रकार की आती है येलो और रेड हम देते हैं रेड मरंडी ओके और चुल सुराख करके मेरा स्ट्रक्चर बनता है यानी की लक्कड़ के अंदर लक्ड फसाई जाती है जी पांच साल की वारंटी दूंगा मैं आपको स्ट्रेक्चर की दो साल की फॉर्म की होगी दो साल की हाँ फॉर्म की अगर भैया दो साल से ऐसी तो बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल कुछ कस्टमर के दिमाग में सकते हैं है। तो पहली बात तो मैनुफेक्चरिंग जो है वो हमारी अपनी है जी दूसरी बात हमारी हर चीज बल्क में आती है ओके जो पीछे से डिस्काउंट हमें मिलता है वो हम कस्टमर को छोड़ते है और कोई भी ऑल इंडिया में अपना काम कर रहा है फर्नीचर का या क्या करना चाहता है नया तो वो हमसे जुड़ सकता इंडिया है इंडिया में हमारी सप्लाई जीएसटी नंबर है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बहुत बढ़िया ऑल ओवर इंडिया के अंदर दोस्तों आपको डिलीवरी यहां पर अवेलेबल हो जाएगी एक इस वाले सोफे के बारे में बात करते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है इसमें हमने पीछे बैक में ये दे दिए पीछे आपको सपोर्ट भी मिल रहा है इसके अंदर सर बिल्कुल ओके जाता और ये साथ आपको आप देखिये इस पर बैठ सकते हैं बहुत चेयर बोलते है ही है इसमें भी आप फेब्रिक चोस कर सकते हैं साठ हजार की, तो? की मिल रहा है तो मुझे 30000 दे जाएगी आप उसमें हमने मतलब ये ये ये देख सकते है जी जी और ये कुछ सोफ इसके ऊपर में ये कुछ काम किया हुआ जैसे की आप देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारी लुक आ रही है अंदर भी है ना सर पोलीफिल डालते है इसके अंदर कॉटन नहीं डालते कॉटन जो है बैठ जाती है दब जाती है फाइबर होता है पोलीफिल जी जी, जी कंफर्ट ज्यादा आता है और बैठती नहीं है कदम बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया प्राइस रेंज की बात करें तो वे इनके पास में आपको पूछने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी सबके ऊपर हमने हर चीज पे ना है ना टैग प्राइस लगा रखे है यहाँ और दुकानदारों की तरह नहीं है जैसा मतलब कस्टमर देखा वैसे रेट बोल दिया यहाँ बच्चा भी आएगा ठगा नहीं जाएगा एक एक चीज के रेट लगे हुए हमारे पास बहुत बढ़िया एक जैसे की हम ये देख सकते हैं इस वाले के बारे में बता दो कुछ जरा स्टेनलेस इंडस्ट्रील का काम है कोई सिंथेटिक नहीं है काला नहीं पड़ेगा ओनली फोर्टी फाइव थाउजेंड पैंतालीस हजार रूपए का सर पैतालीस हजार रूपए की रेंज में दो सोफा सीटें जो मिल रहा है ये किस तरह मिल रहा है ये ओनली टेन का जोड़ा ये ओके दस रुपए का दोस्तों ये जोड़ा आपको मिलने वाला है और इनसे आपने आप हाँ okay, ये, ये ये मतलब की रेंज के अंदर ऑप्शन काफी सारे जैसे की आपको मैं वहां से दिखाता हुआ रहा हूं। ये सारे सारे थर्टी थाउजेंड रुपीज का ये भी स्टैंडलेट स्टील की है सर मेटल की नहीं है आप देख रहे हैं ना ये और जो आप देख रहे हैं ना वर्क देखिए आप देखिए आप बहुत कंफर्ट बहुत कंफर्ट चेयर है दी मात्र 30000 हजार की रेंज के पर बैठ मार्केट में वैसे कितने तक की मिलती है साठ पैंसठ हजार रुपए की सर मार्केट के अंदर अच्छा जी ये मेरे मैनुफैक्चरिंग रेट है तो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत बढ़िया सर अरे इस पर बैठ के आपको भाड़ा था लुक आएगा बिल्कुल क्या बात है आगे चलते हैं आगे क्या है अभी अपने पास में सोफा सेट दोस्तों बहुत सारे हैं थोड़ी मैं और सोफा सेट आपको दिखाता हूँ जैसे कि आप देख पा रहे ये वाली लाइन पूरी सोफो से भरी हुई है इनकी प्राइस की बात करी जाए तो क्या रहने वाली है सर हमारे सेम प्राइस है फोर्टी टू फोर्टी ओके ये सारे की रेंज में है। और भैयां लेते हैं है पांच साल के अंदर तो हम आप बैठे देते है क्या करके देते हैं ये वारंटी है हमारी जी मतलब सामान लेने के बाद हम आपसे ये नहीं कहेंगे सामान को यहाँ लेके आओ जी वो हो गई पल्ला झाड़ने वाली बात लड़का घर पर पहुंचेगा हमारा अच्छा जी वहीं जाके ओके करके आएगा आपकी तसल्ली करा के आएगा बहुत बढ़िया एक इधर की तरफ में आ जाते हैं जैसे कि देख पा रहे हैं सेवन सीटर आपको एकदम अलग लुक के अंदर दिया जा रहा है ये इसके बाद बात करें तो ओनली फोर्टी टू थाउजेंड बयालीस हज़ार रुपये का इसमें टेबल अलग है सर ओके okay, इसके टेबल अलग से लेना okay. है कि okay, कोशिश कर रहा हूँ प्रॉपर जैसे की आप देख सके समझ सके की, की भैया कैसी क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं और जो ये क्वालिटी हम दे रहे हैं भैया है, कहते हैं मार्केट के अंदर जाकर एक बार चेक करो देखो आपको मार्केट से अगर सस्ता लगे तो भैया भाग करके आप लोगों से बिल्कुल सर बिल्कुल बहुत बढ़िया ये इसके बारे में आ जाते हैं इसमें हमने डबल कंट्राक्ट दिया हुआ है ओके ये देखिए अंदर जो बटन दिए हैं ये भी हमने फैब्रिक के दिए हुए येलो फैब्रिक के बहुत सही बहुत ही सुंदर अभी इधर की बात करें जरा रहा यहाँ की तरफ मैं बता दें ये वाले जो सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं सर ये मेक टू ऑर्डर पफियाँ बनी हैं हमारी ओके जी प्राइस रेंज की बात करें जाए तो इनकी पफ़ी सर हमारा जोड़ा होता है छः का मात्र छह हजार जोड़ा ओके okay, ये, ये कुल्टिंग वाले वर्क के साथ में जो हम देख पा रहे येलो एंड थोड़ा के अंदर में ये, ये, ये। सोफा है, 45, का है सर ओके okay. इसमें डिजाइन देख सकते हैं आप बर्फी डिजाइन बोलते हैं इसको आप फिनिशिंग देखिए आप बहुत ही प्यारी लुक आ जाएस करके डिस्काउंट के कोई फायदा नहीं बिल्कुल हम चाहते हुए भी है ना क्वालिटी माइनस नहीं कर सकते क्वालिटी मेंटेन की हुई है हमने जी हम ऐसी जगह बैठे है चालीस साल से बैठे थी हम यहाँ पे Okay. कस्टमर से कस्टमर आता है हमारे पास हमारी एड जो है ना सेलिब्रिटी नहीं करते हमारे कस्टमर करते हैं बिल्कुल सही बात है भैया बिल्कुल सही बात है और जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह ही के वुडन वर्क के अंदर में आपको मिल जाएंगे ये भी बहुत प्यार लग रहा है इसके बारे में कुछ बताते हैं हमारे सर, ये जो है ना ये मापाप्लाई होती है वुडन के ऊपर जो है ना प्लाई लगती है मापाप्लाई बहुत होती है फिनिशिंग आप देख रहे हैं ठीक है सर पोलिटर पोलिस ठीक है तो ये टेन थाउजेंड पर सीट पड़ेगा ये जो तो आप देख रहे हैं दस हजार रूपए पर, पर सीट।, सीट हाँ जी तो ये कितने रुपए का हो गया ये ये सत्तर हजार रुपए का हो गया। टेबल अलग है सर सेवन सीटर सत्तर हजार रूपए की रेंज हाँ दोस्तों पढ़ने वाला सर, है। सर, के अंदर डेढ़ लाख रूपए का सेट मिला तो मुझे सत्तर दे दिया टेन का डिस्काउंट और ले जाओ मेरे से क्या बात बहुत बढ़िया और ये वाला जो देख पा रही है कुछ लगेगा एस एस दिया हुआ देख सकते हैं आप जी जी ओनली फोर्टी में ये मात्र बयालीस की रेंज के अंदर में और ये भी कुछ इसी के लुक का ही है थोड़ा ये थोड़ा के के के में आएगा जी बयालीस हजार रूपए ये जो कुल्डिंग वर्क के अंदर में आया इसके बारे में बता दे कुछ एक बार सर सेफ हुई है फोर्टी का इसमें भी बैक में हमने ये देख सकते हैं एड्रेस्ट दिए हुए दिए हुए देख सकते हैं कलर देखिए डबल कलर है कुसन का और सीट का एक कलर दिया हुआ है हमने बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया सो so, दोस्तों इनके पास में जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक लेदर लुक का सोफा दिखाता तो हूँ देखिए ये भी काफी प्यार लग रहा है इसके बारे में कुछ बता दें रहा है so, लेदर राइट है ये रैक्न नहीं है रैगजिन में तो है कंप्लेंट आती है फट जाती है लेदर राइट होती है ब्रांडेड कंपनी का लगा हुआ है इसमें दो सीट ट्रेक्टर डाली हुई है नाइन सीटर हो गया ये हाँ जी ये सिक्सटी okay. थाउजेंड का साठ हजार रूपए का टेबल और पफी के साथ इसमें भी आप कलर चॉइस कर सकते हैं जैसे आपको ये चीज पसंद आ गई है भाई लेदर राइट में नीचे हमें फैब्रिक में चाहिए तो हम इसमें आपको फैब्रिक बना के देंगे बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया और ये जैसे कि व्हाइट वाला देख रहे हैं ये भी लेदर राइट है ये भी लेदर राइट साइड में देखिए सर कुल्तंग देखिए आप इसकी ओके ये साइड की कुल्डिंग एंड स्टेनलेस स्टील का काम दिया हुआ यह काली नहीं पड़ती जंग नहीं लगता है काली पड़ता है नया लगा के दूंगा अलग से टेबल अलग से सर इसके अंदर फिफ्टीन की टेबल है मात्र पंद्रह की सागवान की टेबल पूरे कीर्ति नगर में कोई दे दे चैलेंज है मेरा बोल डिजिटल ग्लास देख सकते हैं आप ओके okay, ये yes. देखिए सर गोल, गोल गोल के अंदर तो एक जैसे कि आप एक और ये देख पा रहे हैं ये भी बहुत ही प्यारी क्वालिटी के अंदर मिल जाता है प्राइस रेंज ओनली 42000 की रेंज के अंदर है एक जैसे कि आप ये वाली देखो यार कितनी बड़ी स्क्रीन नेक मिलने वाली है यहां पर हाई नेक के अंदर में के जिराफ के बैठने के लिए बनाई गई है कुछ ज्यादा तो <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> क्या है हमारे पास ऑल इंडिया से व्यापारी आता है बड़े बड़े घर होते हैं उनके बड़े बड़े हॉल तो उनके लिए बनी हुई है अच्छा ये मेरा सेट बिका हुआ है सर अच्छा बिका हुआ है बिका हुआ सेट है ये होटल से बनाया मैंने ये भैया कुछ खतरनाक चीज़ है एकदम और जैसे कि आप देख पा रहे हैं भैया इनके पास में ऐसे चीज़ें बहुत सारी है अब आपको दिखाते हैं इनके सोफ़ा सेट वो सोफ़ा नहीं तो आप जैसे कि मैंने अभी आपको इनके सोफ़ा सेट की रेंज दिखाई है अब मैं दिखाता हूँ आपको इनके बेड और बेड भी इनके पास में काफ़ी अमेजिंग मिल जाते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं न्यू ईयर मतलब हम थर्टी फर्स्ट है इस वक्त ये शूट कर रहे हैं आपको नए साल पर ये वीडियो मिलेगी और इनके पास में दोस्तों अब जो मैं आपको वेरायटी दिखा रहा हूँ ये एकदम हट रहने वाली है बताना स्टार्ट करें सर सर ये देखिए ये डबल बेड है साइड टेबल के साथ ओके फुल फैब्रिक के अंदर है देख सकते हैं आप पूरा फैब्रिक दिया हुआ है इसमें हमने चारों तरफ जी और जो सामने वर्क देख रहे हैं वो भी स्टैंडर्ड स्टील है थ्री जीरो फोर का ये कभी काला नहीं पड़ता सर यार कभी काला नहीं पड़ेगा और मतलब क्या था, कोई दिक्कत आता है इसके अंदर प्राइस रेंज की बात कर नब्बे हजार रूपये का बैठ है तो हम आपको देंगे फोर्टी फाइव थाउजेंड का पैंतालीस हजार रूपये का नब्बे का इसमें ऐसा क्या लगा हुआ इसके अंदर सर यमुनगर की वोटर प्रूफ बोट प्लाई होती है कुछ समय बाद बड़ूदा झरना शुरू हो जाता है घुन लग जाता है प्लाई एट जाती है इसमें वो शिकायत नहीं आएगी एमडीएफ होता है गद्दे वाला बोर्ड होता है सर स्क्रू लगे होते हैं जैसे यूज होते हैं स्क्रू ढीले हो जाते हैं वहीं से होल हो जाता है दोबारा वहां नट बोर्ड लगी नहीं सकता जी उसमें जी ये शिकायत नहीं है आई पूरा वुड लगा हुआ है इसमें मैं आपको क्वालिटी दिखाऊंगा अभी अंदर से आपको आप ये देखिए ये कौन सा उसमें ये भी सर सेम है लेकिन ये इसमें पॉलिश की हुई है ये प्यो पॉलिश है जैसे आप वाइट देख रहे हैं ना जी व्हाइट जो है कभी पीलापन नहीं आएगा ब्रांडेड कंपनी की पॉलिस होती है जो हम यूज करते हैं ओके okay. दस साल बाद भी आप देखिएगा व्हाइट का व्हाइट ही नजर आएगा ये पर बहुत बढ़िया इसमें भी आप कलर चॉइस कर सकते हैं और ये मात्र चालीस हजार दो साइड टेबल मिलेंगे आपको मिल जाएगी जैसे की आप देख पा रहे ये कुछ अलग ही यूनिक चीज आपने लगाई हुई है इसके बारे में कुछ बताया पॉलिस वाला है देख सकते हैं इसमें हमने दो लैंप दिए हुए हैं डबल कलर के अंदर गिलास दिए हुआ हमने जी लुकिंग गिलास है देखिये लुक देखिए आप इसका के अंदर है का है का का दूंगा मैं मैं फिर कह रहा हूं सर क्वालिटी करके इस का कोई फायदा ये चलते हैं हाँ बिल्कुल चलते हैं जी बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया प्राइस रेंज ओनली था और लैम्प वाले के आ गया इनका पूरा क्विटिंग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ये किस रेंज में भी भी भी में जैसे कपड़ा आप देख रहे हैं आपको और एक स्टेनलेस स्टील के अंदर वर्क देखिए कितना पारा वर्क लग रहा है इसके ऊपर में और दो पफी वाला ये क्या बोलता है साइड टेबल बहुत ही बढ़िया लग रहा है एकदम ने है इसकी? Only ,000, ,000 ये भी की जो स्टील है ये काला नहीं पड़ेगा और फैब्रिक भी काला नहीं पड़ेगा सही कह रहा हूँ मैं यस yes, बिल्कुल पांच साल की वारंटी दूंगा मैं आपको ये सोफा क्या है? ये इसके ऊपर कुछ गद्दा कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं लगा रखा हाँ ये ऑर्डर से गद्दा बना है ये देखिए आप अच्छा मेटस भी हमारे खुद के बनते हैं मेटस बना के दूंगा आपको ओके प्राइस रेंज क्या रहती है अपने पास में वैसे सिंगल बेड भी देते हैं क्या कुछ सिंगल बेड मेक टू ऑर्डर बनता हूँ आपको बेड जी बिल्कुल जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो खोल करके दिखाते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं खोलर है कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है ओके okay. ये देखिए सर अट्ठारह एम की सोलिड प्लाई दी हुई है जी कोई बोर्ड नहीं है प्लाई है नीचे छः की लगती है मैं नीचे बारह की लगाता हूँ जितना मर्जी सामान डालो प्लाई इधर उधर नहीं भागेगी बहुत बढ़िया पूरा एक प्लाई से इसके अंदर से अभी नया ताज़ा ताजा बनाया इसमें स्मेल बड़ी तेज आ रही है इसके अंदर अभी आया ऑर्डर का पीस है बिल्कुल ये जैसे कि आप देख पा रहे आप दोस्तों इनके पास में ड्रेसिंग टेबल की बात करिए तो ड्रेसिंग टेबल कितने रुपये से स्टार्ट जाते हैं हमारी बारह हजार की है जी बारह हजार से दोस्तों जाते हैं और पच्चीस हजार रुपए का सेट है मैं आपको दूंगा बारह हजार रुपए का मात्र ये मात्र बारह हजार रुपए की रेंज के अंदर आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगा लुक आप देख सकते हैं और इसके बराबर में क्या रखा हुआ है वो भी बता दे रहा है चेस्टर चेक्टर। चेस्टर, चेस्टर, चेस्टर। है टीवी के नीचे रखिए रसोई में रखिए, कहीं भी रख सकते हैं आप बहुत बड़ी अज़िये अज़िये के होता है। दे है। तो तो देख रहे हैं ना सर ये फटे तो लगे हुए हैं बड़ा सामान रखना आप ये ऊपर से गंदा हो रहा है या इसका डिजाइन ऐसा कुछ है? ये डिजाइन है सर ओके ये डिजाइन है जैसे की आप फैंस बोर्ड आ रहे हैं ना फैंसी बोर्ड आ रहे हैं <laughs> है। आप... तो इसकी हजार नहीं लगेगा कुछ लिखा हुआ है, है? क्या चिक्र ये नहीं पंद्रह हजार रुपए पंद्रह हजार है ओके उसके आगे एक ज्यादा डाल दिया आई थिंक एक लाख पचास हजार रूपये लिखा हुआ है जैसे की आप ये देख पा रहे आगे की तरफ चलते है अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके डाइनिंग टेबल सबसे टेबल पास में यही है क्या सर फोर सीटर है सबसे पहले सबसे पहले फोर सीटर है ओके नहीं यहां से स्टार्ट करते हैं कोई बात नहीं ये देखिए आप जी बताना स्टार्ट करें सर ये डिजिटल गिलास के अंदर है जो बेस आप देख रहे हैं बेस है सागवान का ओके और ये जो दिया हुआ है डिजिटल गिलास है मार्बल लुक में दिया हुआ है जी ये लक्कड़ पूरी सागवान की दी हुई है कोई प्रूफ कर दे सागवान, सागवान की लकड़ा दोस्तों कलर देखिये आप देख देख डिजाइन तो देखते है ये भी प्राइस रेंज की बात कर एक लाख बीस ये रूपए का सेट है हम आपको देंगे मास् साठ हजार रूपए का साठ हजार रूपए की रेंज के अंदर सिक्स सीटर आपको मिल जाएगा डाइनिंग टेबल और yes. ये सिंगल सीटर वाला की बात करें करे बिक चुका है ये डिजिटल गिलास है सेम प्राइस है पर सर सिक्सटी थाउजेंड का साठ हजार रूपए का इसमें भी सर फेदर फॉर्म स्लिप बेल की डली हुई है बैठ जाती है ना जी जी शिकायत नहीं आएगी बहुत कम्फर्टेबल चेयर है और ये भी आप देख रहे हैं ना पूरा सागवान दिया हुआ हमने आप है सर? इसमें लकड़ी तो बहुत बहुत एकदम ही प्यार हाँ लग रहे है। कहीं नहीं है इसके अंदर? जी और ये साल चलने जी ये गिलास ये कौन सा जी ये हाँ जी बताए प्राइस रेंज सेम प्राइस है ओके ये अब ये आगे वाले पे आते ये देख सकते हैं आप ये ओनेक्स मार्बल है जी ये तो मार्बल है ओनेक्स मार्बल है सागवान की ये ईरान का पत्थर होता है सर ईरान का पत्थर ईरान हाँ, का पत्थर है पोलिस्टर पोलिस है इसके ऊपर जो है ना चाय हल्दी वगैरह किसी चीज का कोई निशान नहीं आएगा मतलब जो कुछ गिर जाते तो गंद निशान छोड़ जाते हैं वो नहीं आएगा बिल्कुल कोई दिक्कत नही आएगी इसमें आपको बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक ये आ जाते है इस वाले पे आ जाते हैं इसके बारे में मतलब यह है पोलिस्टर पोलिस बोलते हैं इसको सागवान के कस्टम के कस्ट, उसके ऊपर वुड के ऊपर ये पोलिस्टर पॉलिस होती है, अप लगती है इसकी बहुत जी जी ये तीन लाख रूपये का सेट है हम आप देंगे आपको पांच हजार रूपये का है ये लकड़ के अंदर है भैया सागवान की लकड़ी के अंदर है देखिये ये एकदम यूनिक है ये जैसे की आप देख पे सबसे एक्सपेंसिव कहेंगे तो यही आपको यहाँ पर मिलने वाला है बहुत प्यारे वर्क के अंदर में आ गया अब ये जो वुडन चेयर के साथ में ये भी काफी अच्छा लग रहा इसके है पचास हजार रूपए का सेट है पूरा कार्बिंगे देख देखिये सर ये भी उसके अंदर है अपना में। ये क्रीम कलर में मार्बल जो है क्रीम और व्हाइट दो आते हैं के अंदर। ओके। ये क्रीम कलर में देख सकते हजार रूपए दोस्तों आपके रहने वाले जैसे अंदर है पूरा मतलब ये बहुत ही प्यारा काम क्या हुआ और भैया गारंटी लेते हैं काम खराब हो जाए तो भैया हमारा लड़का जाकर रिपेयर करके आएगा एक इसके बारे में बताएं ये किस रेंज में अपने पास डिजिटल गिलास के अंदर है, मात्र फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार रुपये का सेट है ये okay. पूरा वन पीस की लकड़ लगी हुई है कहीं जॉइंट नहीं है लकड़ी एक ही लक्कड़ को काट के बना है। पूरा बनाया पूरा वन पीस लक्कड़ है दी पूरा टीक का बना हुआ है ये फोर सीटर है दी कस्टमर जैसे कहता है, थी हमें कम है हमारा जी जी प्राइस हमारा थोड़ा रीजनेबल होना चाहिए मात्र 25 पच्चीस हजार रुपए का मात्र पच्चीस हजार रुपए की रेंज के अंदर आपको ये मिल जाएगा फोर सीटर है ये और बहुत प्यारे लुक के अंदर है रेंज इनके पास में भैया जितने मर्जी महंगा ले सकते हैं आपकी जो पॉकेट अलाउ करे दो लाख तीन लाख भी मिल जाता आराम से कुछ भी होता और ने स्टार्टिंग ने? है अपने पास में पच्चीस रुपए से लेकर एक ये वाले सोफे इसके बारे में और बात करते हैं ये भी बहुत प्यारा लग रहा है इसके बारे में कुछ बताएं हमारे व्यवस्था को सर ये ओनेक्स है नाद हनी ओनेक्स। हनी ओनेक्स। जी जी। ये। ये सीटर में है जी जी एट सीटर में है मात्र डेढ़ लाख रूपए का सेट है ये एट सीटर में डेढ़ लाख रूपये का दे रहे हनी ओनेक्स के अंदर अगर तीन लाख रूपये का मिला है तो मुझे डेढ़ लाख दे दी आप टेन परसेंट का डिस्काउंट और ले जाइए क्या बात है क्या बड़े चेयर दिखा देंगे या चेयर घुमाएंगे प्लीज इसकी दोस्तों चेयर की लुक जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाली चीज ही अलग है और ये एट सीटर के अंदर आपको मिल रहा है अभी मैंने आपको जितने भी दिखाए सब सिक्स सीटर के अंदर में था एक फोर सीटर में था ये एट सीटर और मतलब अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो डेढ़ लाख रुपये में सही है बहुत बढ़िया ये सर आधा है बिल्कुल बहुत सही सर बहुत सही सर आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कोई आपसे परचेज करना चाहता हो खरीदना चाहता हो तो किस तरीके से खरीद सकते हैं यही बताएं सर हमारा जो है ऑनलाइन होता है जी पेमेंट पहले होगी हमारी जी पूरी जिम्मेदारी होती है हमारी जी कार्टे वगैरह गाड़ी वगैरह अरेंज करके देते हैं मेरा इंडिया में माल जाता है जी, जी।, जी। जीएसटी नंबर है कोई दिक्कत नहीं आएगी एक परसेंट भी आपको ओके और तो कोई भी नया आदमी जुड़ सकता है काम करना चाहता है बिजनेस करना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है ओके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वार्जेस रहते होता है बाकी किराया अलग से होता है तो कार्टे वो अलग से जी एस अलग से होता है सर ठीक है कोई आकर लेना चाहे तो ले सकता है बिल्कुल ले सकता है और फोन पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं मेरे को जो जो दिखाई जाती है वही मिलती है सर बिल्कुल वही चीज़ देंगे बहुत बढ़िया सर थैंक यू सो मच सर इन द लास्ट अगर आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं फिर हम इस वीडियो को विराम करते हैं बस आप आइए एक बार से, सेवा का मौका दीजिए हमारे को हेलो बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच